नमस्कार साथियों मैं हूं हर्ष भारद्वाज मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है प्यारे साथियों आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा साथियों दीपावली काफ़ी निकट आ रही है साथियों बड़ी दीपावली से दो दिन पहले धनतेरस के दिन हमारे धर्म में कुछ नया सामान खरीदने का प्रचलन है धनतेरस जया तीर्थ की श्रेणी में आती है साथियों धनतेरस के दिन यह दो वस्तुएं खरीदना अतिशुभ माना जाता है नंबर एक किताबें धनतेरस के दिन धार्मिक किताबें खरीदना अतिशुभ माना जाता है नंबर दो देव प्रतिमा जिस देवता की आप उपासना करते हो या पूजा करते हो उस देवता की सोना चांदी या अष्ट धातु में देव प्रतिमा घर ले आनी चाहिए या तांबा स्फटिक या श्रीयंत्र यह घर लाकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए यह भी अति शुभ माना जाता है कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नमस्कार